के दी गलियां तंग है शर्मो शर्मी में बंद है खुद से खुद की कैसी ये जंग है पल पल ईद घबराए पल पल